चलो जल्दी पैकअप कर रही ना अरे ये तुम दोनों क्या कर रही हो सुबह उठते ही शुरू हो गयी अरे मम्मा जाएंगी ब्रश कर लो चिंता मत करो ना भाई नहीं उठो चलो उठो अभी हाँ? अरे आयु जल्दी के जा रहे मिनट गेम फिर इधर फोन अरे अरे बसमे पहले उठो जाओ फ्रेश हो जाओ फिर नाश्ता करो उसके बाद बुक उठा के पढ़ाई करो छुट्टियाँ चल रही तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम दिन भर फोन पे गेम खेलते रहो चलो उठो अभी कभी अरे आयु आयु अभी मैं जल्दी से ब्रश कर लूंगी फिर मैं ये लेवल भी पूरा कर लूंगी। मैं भी अभी लेवल में बाद जल्दी तुम्हें रुकी रहना है? है? अच्छा मैं देख के आती हूँ मम्मी ने लास्ट में क्या बनाया है देख मेरे इंग्लिश मतलब ठीक ठाक ही बहुत बुरे मांगा तो तू तो गई बच्चों क्या फुसर फुसर चल रही है तुम दोनों की हाँ, कुछ दिन, नहीं दिन भर गेम खेलोगी तो अंग्रेजी तो कमजोर रहेगी ना तो आज मैं तुम्हारी अंग्रेजी ठीक करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही मजेदार ऐप है हाँ? ये देखो ये एक ऐप है ये मैंने डाउनलोड किया मेरी भी इंग्लिश कमजोर थी ना तो मैं इसमें पढ़ रही हूँ और ये बिल्कुल गेम की जैसी है इसमें खेल खेल में तुम इंग्लिश भी सीख जाओगी और ये बिल्कुल फ्री भी है और यही नहीं इसमें 20 तरह की लैंग्वेज है जैसे कि फ्रेंच है जर्मन है स्पेनिश है अगर तुमको इंग्लिश आती है तो तुम ये सब भाषाएं सीख सकती हो। होता है हाँ। ये देखो इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो डाउनलोड करने के बाद एप खोलो और लॉग इन कर लो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो फिर स्टार्टेड कर लो उसके बाद तुम अपना इसमें लैंग्वेज सेट कर लो जैसे जिस लैंग्वेज में सीखना चाहती हो जैसे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो इंग्लिश सेट कर लो उसके बाद लेवल सेट कर लो जैसे दिन में कितने टाइम तक तुमको सीखना है पाँच मिनट दस मिनट बीस मिनट और हाँ ये तुम्हारा टेस्ट भी लेगा उसके मुताबिक तुम्हारा स्टडी लेवल सेट कर देता है जैसे तुम आगे पढ़ सको अरे मैं तो, भी साथ तो, मैं भी। तो है न आजकल मेरी सारी सहेलियाँ इसी एप पर पढ़ रही है हाँ हाँ मेरी भी इंग्लिश कितनी बेकार थी ना लेकिन आजकल मैं व्हाट्सएप में सिर्फ इंग्लिश में बात करती हूँ तो तो बिल्कुल मत भूलना और हाँ गाइज आपके लिए बहुत बड़ी सरप्राइज है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अरे हाँ? इतनी जल्दी जल्दी क्यों खा खाना को हमेशा आराम से खाना चाहिए कुछ अर्जेंट काम है क्या तुम दोनों को अगर मोम से कहा कि गेम खेलना तो उल्टा हमें ही डांटेंगी नहीं नहीं मम्मा, वो हमें पढ़ना है ना है ना? पढ़ाई के लिए इतनी हड़बड़ी इतना पढ़ेंगे तो ये तो टॉप ही कर जाएंगी अच्छे से खेलना हाँ भैया बोलते नहीं देखा अरे मम्मी हम पढ़ करें गेम खेले है, ना हाँ हाँ से बुक्स नहीं है। <laughs> बस हो गया तुम दोनों का झूठ और किताब खोलो और मुझे पढ़ाई करती नजर आनी चाहिए ठीक है, <laughs> <थीक> है। <laughs> यार अनु हम बुक तो खोलेंगे लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे क्या करेंगे भैया मम्मी काम करते है सारी बुक्स छुपा देते है अगर अगली बार मम्मा को अगर की नहीं पढ़ाई को हम बोलेंगे मिल रही है तो बोलेगी पढ़ने को, अरे क्या है, मैंने कहा था ना अगली बार तुम लोग बुक पढ़ती हुई नजर आनी चाहिए अरे मम्मा वो बुक्स ही नहीं मिल रही है तो कैसे पढ़ेंगे क्या बुक्स ही नहीं मिल रही है ना तो नहीं मिल रही ना वो <सथ> हमें हाँ, हाँ, हाँ, थी ना और फिजिक्स की बुक मिल नहीं रही तो हम लोग क्वेश्चंस कंप्यूटर में ढूंढने लगे और नहीं मिल रहा आंसर तुम्हें गेम्स खेलना शुरू कर दी ओ हो मुझसे ही चालाकी बेटा मैं भी तुम दोनों की माँ हूँ अच्छा ठीक है गंदा करके रखा है अब आएगा मज़ा ये बुक अब मेरे कमरे में रहेगी और डर लग रहा है पनिशमेंट मिलेगी वही ना क्या करे बुक पता नहीं क्यों नहीं मिली तूने कुछ किया क्या नहीं यार हम दोनों तो दोनों साथ ही तो बुक्स में थे अरे तुम दोनों अभी तक गए बस आने वाली है ना टाइम हो गया है अरे मामा हम बुक चुन रहे थे एक भी बुक नहीं मिली ले oh no! लेकिन तुम्हारी बुक्स तो काफी टाइम से गायब है ना आप झूठ करोगी अरे मम्मा जरूरी है बुक नहीं मिलेगी तो बहुत डांट पड़ेगी टीचर और पनिशमेंट भी देंगी आप कुछ करो ना मम्मा प्लीज बुक्स तो तुम्हारी मिलेगी बट एक शर्त है सारी शर्तें मंजूर बस हमारी दो तो हमारी शर्त ये है कि आज से तुम 24 घंटे गेम नहीं खेलोगी ठीक है और टाइम टाइम ऐसी पढ़ाई करो oh yeah. हाँ मम्मी अब हमारे गेम नहीं खेलेंगे पढ़ेंगे भी वो भी गेम खेलेंगे तो सिर्फ एक घंटा या उससे भी कम हाँ मम्मा आज मैंने और आई दोनों ने सीख सीखी है हमें हर सेकंड गेम नहीं खेलना चाहिए सिर्फ एक घंटा गेम खेलना चाहिए साथ साथ पढ़ाई भी करनी चाहिए बेटा स्टूडेंट्स का हथियार उनकी बुक्स होती हैं वो जितना पढ़ते उतना ही आगे तरक्की करते हैं तो गेम भी आपको खेलना है बट टाइम टाइम से ये नहीं की आप चौबीस घंटे गेम में ही लगे रहो सॉरी तो मम्मा अब हम समय गेम नहीं खेलेंगे अब उसको भी नहीं छुपाएंगे हम पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स क्या आप भी इसी तरह गेम में लगे हो तो बिल्कुल मत करना क्योंकि इस समय सबकी छुट्टियां हैं सब घरों है, में है और ऑनलाइन स्कूल भी चालू हो गए हैं तो आप गेम भी खेलो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जब आपको बताते हैं क्या कहना चाहते हैं हम तो गाइज जैसे आप जानते हैं की आपको सबसे ज्यादा हमारे हॉरल वीडियो पसंद आते हैं तो हम सब ने मिल के ये फैसला किया है की कि कल दो बजे हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक नया हॉरल चल जिसका नाम है हॉरर स्टोरीज। तो हमारे इस चैनल को को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना जिससे आपको पता चले कब हमारा नया नया वीडियो आता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना सबके साथ शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें वन मिलियन की फैमिली तक पहुँचाना तो मिलते है आपको एक नए वीडियो के साथ तब तो तक के लिए बाय